दोनों दे दिया दोनों वो खत्म है बंदूक छीन मेरे पास बंदूक क्या पता क्रिकेट में होंगे ना तो आएंगे बैट जा, बैट जा, बैट जा, बैट जा, जा। दे भाई दे भाई दे भाई दे भाई सुन भाई जल्दी कर कर दी नहीं कुछ होगा राइट बे दीदी ये देखिए अब जो टिकड़ी थी हमने रोशन पे कटाने दीदी के बैठ जा मुझे बोलो तुम्हें बहुत देर से वेट कर रहा है बॉट है बॉट है बॉट है है वो देखो देखो देख देख देख देख देख देख क्या कर रहा है वो कर करते थोड़ी देर में ये तुम भी खेल जाना चल इनफ कर ले वो लल्लू था बट मत कर दे तुझे थोड़ी करना इजी का नहीं पूरी मेरा कराओगे पांच मिनट पाएंगे नहीं हां मिल गई अब बहुत अब नहीं वही चलाते हैं आओ लास्ट ट्राई करना हम्म बड़ा है दो जो जो। ये ये ये ये बाइक की चाहिए किसकी चला तो लेंगे रहा गाड़ी चला लेंगे अच्छा, कर तो है, जो गोली मारी है ना जो गोली मारी है ना वो रियल में गोली मारी पता है, है। मैंने बोला नहीं स्नाइपर ट्रेनिंग का मछली वाली <laughs> <laughs> भाई हुआ था काम था। तो। तो कोई गन चलाते वो पुलिस है अभी अभी काफी देर तक तो कंट्रोल किया गया है लोगों को बहुत देर तक रहे जगह चल रहा है मुंबई में चल रहा है देते कोई होनी चाहिए से से बहुत अच्छा है जलन हो रही है hmm. अब दर्द जलन हो रही है वो दो दो दो दो दो दो दो। अच्छा डैमेज <laughs> हुआ है फुल <laughs> <laughs> <नहीं> <laughs> देते हैं ओम बंदा था and जरा से जान थी नन्ना सा बच्चा तो वो ऊपर बैठा